आपको पता है ने जैसे महंगे कार अपनी कार का विज्ञापन टीवी पर नहीं कर दी क्यूँकी उन्हें पता है जिस व्यक्ति की इस कार को लेने की हैसियत होगी उसके पास इतना फालतू समय नहीं होगा